ये है दुनिया का सबसे बड़ा पत्ते सच्ची का पराठा और अगर आपको लगता है कि आप ये पराठे दो ऐसे पराठे एक घंटे में खत्म कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं एक लाख रुपए और जिंदगी भर के लिए इनके यहाँ पे खाना फ्री क्या आप ये चैलेंज ले सकते हैं